मामे, मामे। क्या है बोलो मामे, मैं ना ना, ना सारी बात सुनूंगा सच बोल रहे हाँ। अरे मेरा प्यारा बेटा सुन ना मेरा न सर बहुत दर्द हो रहा है सुबह से थोड़ा दबा देना बेटा आगे। आगे। हाँ। क्या हो सर दबाना है अभी तो तू बोला मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा सुनिना हाँ तो दबा अरे मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपकी बात सुनूंगा मतलब कि मैं आपकी बात सुनूंगा